I'm gonna go with it. भैया जा बंदे शरण राम की पीवा है बचता है भैया जा बंदे शरण राम की पीवा है बचता कुटुम तो कबीरा सारा खड़ा लखाएगा माता पिता तेरा कुटुम कबीरा सारा खड़ा लखाएगा भैया जा बंदे शरण राम पचिता वेगा वेगा भाइया जा बंदे शरण राम की फिर पा छे पछता वेगा भाइया जा बंदे शरण राम की पीरपा छे पछता वेगा दिया के कुटा कुटम कबीरा खड़ा है कबीर सुनो भाई साधु का फल पाएगा कहे कबीर सुनो भाई साधु का फल पाएगा भैया जा बंदे शरण राम की फिर पाच है जा बंदे सरणि राम की कृपी पश पशिता वेगा साथ साथ साथ है। साथ है।